की तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई लमहा लमहा कोशिश की परियारी ना हो पाई तू लगे मुझे दुश्मन सी